सुनो आज इलेक्शन है तुम लोग कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना अरे नहीं साह कुछ नहीं करेंगे हम तो अरे तू इस बार किसको वोट देने वाला है आडम को या सकूरे को अरे मैं तो सकूरा को ही वोट दूंगा क्या बोरा साढ़े सकूरा को वोट देगा और नुबड़े तू किसको वोट देने वाला है अरे आडम आडम चाचा को और मैं तो इस बार सकूरा को वोट देने वाला हो साड़े में सबको मिटा दूंगा जो भी सकूड़ा को वोट देंगे तो बच्चा पाल्टी डायमंड पैसा सब कुछ मिलेगा बस आदम चाचा को वोट देना पड़ेगा मंजूर है मंजूर से भाई देखो आप लोगों पे कोई दबाव नहीं है आप मैं और सकुरा जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हो अरे मोटा भाई हम लोग तो आपको ही वोट देंगे हो वो। अरे आडम तू तो बहुत चीटिंग कर रहा है ऐसा नहीं चलेगा अब मैं तुझे एक चैलेंज दूंगा अगर वो तू कम्प्लीट करेगा तभी सरपंच बनेगा तू ठीक है बोल क्या चैलेंज है तुझे लॉबी में बुया खड़नी अरे इसमें क्या बड़ी बात है मेरे पास गन है जिससे मैं बंदों को लॉबी में भी मार सकता हूँ ये लो गाइज अगर ये एडिटिंग लगता है तो एक लाइक मारो